जय हिंद ए इंडियन पॉलिटी का पार्ट फोर है जो लोग एक से तीन तक नहीं देखे वो हमारे चैनल पर चले जाएं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर भी क्लिक करके हमारे वीडियोस पर पहुँच सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न प्रश्न नंबर एक है भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है आप स्नेह प्रथम में बी द्वितीय में सी चतुर्थ में या फिर डी अंतिम में पेपर पेन लेकर बैठ जाइए साथ में हल करिएगा फिर लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाग चार में नीति निदेशक ने तत्वों का वर्णन है प्रश्न नंबर दो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है ऑप्शन ए अनुच्छेद चौदह बी अनुच्छेद उन्नीस बी अनुच्छेद पच्चीस या फिर डी अनुच्छेद बत्तीस तो प्रश्न नंबर दो का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनुच्छेद बत्तीस में क्या है प्रश्न नंबर तीन संविधान के संविधान के कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे ऑप्शन ए उन्नीस के बयालीसवें हों संविधान संशोधन बी है संविधान सन 1978 के चौवालीसवें हों संविधान संशोधन द्वारा सी है सन उन्नीस के पच्चीसवें हैं संविधान संशोधन द्वारा या फिर डी है सन 1985 सौ पचासी के बावनवें संविधान संशोधन द्वारा तो इसमें बताना यही है कि मौलिक मौलिक कर्तव्य जो हैं वो किस सन में और किस संशोधन द्वारा जोड़े गए तो प्रश्न नंबर तीन का सही उत्तर होगा आप लोगों ने यदि यस किया है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर चार भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था ऑप्शन ए संसद ने बी संविधान सभा ने सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने या फिर डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो प्रश्न नंबर चार का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था प्रश्न नंबर पाँच भारत का संविधान बनाने में समय कितना लगा था ऑप्शन ए एक वर्ष दस माह पंद्रह दिन बी दो वर्ष ग्यारह माह अठारह दिन तीन वर्ष चार माह दस दिन या फिर ऑप्शन डी चार वर्ष तीन माह पाँच दिन तो प्रश्न नंबर पाँच का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दो वर्ष ग्यारह माह अट्ठारह आठ, दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था प्रश्न नंबर छः है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी इंदिरा गांधी सी महात्मा गांधी या फिर डी डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर प्रश्न नंबर छः का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन डी तो ये बिल्कुल गलत उत्तर है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रश्न नंबर सात है सन 1909 के एक्ट द्वारा दूसरे प्रश्न नंबर सात है उन, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए राज्यसभा सुधार बिल बी मार्ले मिंटो सुधार सी होम रूल बिल या फिर डी मांटेग्यू बिल तो ये बताना है कि जो 1909 का एक्ट था उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है तो प्रश्न नंबर सात का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मारले मिंो सुधार प्रश्न नंबर आठ श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से रहा है ऑप्शन ए फ्रांस से बी अमेरिका से सी ब्रिटेन से या फिर डी भारत से श्रेणी समाजवाद का संबंध बताना है किस देश से रहा है तो प्रश्न नंबर आठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रिटेन से प्रश्न नंबर नौ व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है ऑप्शन ए परस्पर सहयोग का बी परस्पर आदान प्रदान का सी परस्पर मिलने या फिर डी परस्पर विरोध व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है तो प्रश्न नंबर नौ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी परस्पर विरोध का प्रश्न नंबर दस समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस वर्ग से है ऑप्शन ए पूंजीपद वर्ग बी सैनिक वर्ग सी श्रमिक वर्ग या फिर डी उत्पादक वर्ग से संबंधित है समाजवाद तो प्रश्न नंबर दस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग से संबंधित है समाजवाद प्रश्न नंबर ग्यारह सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है ऑप्शन ए समाज को बी राष्ट्र को सी राज्य को या फिर डी संसार को तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्र को सर्व राष्ट्र को व्यक्ति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है सर्वाधिकार में प्रश्न नंबर 12 सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शीर्षक में मिलता है आप नागरिकता उपबंध में बी नीति निर्देशक तत्वों में सी संघीय व्यवस्था के उपबंधों में या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय के उपबंधों में तो प्रश्न नंबर बारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीति निदेशक तत्वों में प्रश्न नंबर तेरह सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निमलिखित में से कौन बल देते हैं ऑप्शन ए मार्क्सवादी बी उदारवादी सी व्यक्तिवादी और डी बहुलवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर कौन बल देता है प्रश्न नंबर तेरा का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदारवादी प्रश्न नंबर चौदह जस्टिस शब्द जस जस्ट से निकला है जस का संबंध निम्नलिखित में से किस भाषा से है ऑप्शन ए अंग्रेजी बी फ्रांसीसी, सी, सी लैटिन या फिर डी हिंदी तो प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लैटिन भाषा प्रश्न नंबर 15 कानून उच्चतर द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है कानून की परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है ऑप्शन ए आस्टिन ने बी डी ग्रीन ने तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया ऑप्शन ए तो यह बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर सोलह जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती यह कथन किसका है ऑप्शन ए लॉक का बी लास्की का सी ग्रीन का डी बिलोबी का तो प्रश्न नंबर सोलह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जान लॉक का प्रश्न नंबर सत्रह अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है ऑप्शन ए अधिकार प्राकृतिक रूप से होते हैं बी अधिकार राज्य की देन है सी राज्य समाज की देन है डी राज्य परंपराओं की देन है प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राज्य परंपराओं की देन है प्रश्न नंबर अठारह प्रभाव की एक विशेषता नहीं है ऑप्शन ए उसे देखा जा सकता है बी उसे देखा नहीं जा सकता सी उसे महसूस किया जा सकता है या फिर डी इसमें द्विबंध होता है तो इसमें बताना है कि प्रभाव की एक विशेषता नहीं है कौन सी नहीं है वो बताना है, तो का सही है उसे देखा जा सकता प्रभाव को देखा नहीं जा सकता मेंस का है ऑप्शन एस्टिन का बी लास्की का सी क्रेब का या फिर डी माइकाइबर का तो प्रश्न नंबर उन्नीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन एस्टिन का कानून संप्रभु का आदेश है यह कथन ऑस्टिन का है प्रश्न नंबर बीस निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य को अन्य समुदायों या संगठनों से अलग करता है ऑप्शन ए भूभाग बी प्रशासन सी प्रभुसत्ता या फिर डी जनसंख्या तो प्रश्न नंबर बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रभुसत्ता प्रश्न नंबर इक्कीस द स्टेट एंड रेवल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है ऑप्शन ए स्टालिन ने बी मार्क्स ने सी लेन ने या फिर डी माओ ने तो प्रश्न नंबर इक्कीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेनिन ने लिखी है द स्टेट एंड रेवल्यूशन पुस्तक प्रश्न नंबर 22 सोलह सौ अट्ठासी ईस्वी में गौरवपूर्व क्रांतिकार संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था ऑप्शन है फ्रांस से बी अमेरिका से सी जर्मनी से या फिर डी इंग्लैंड से तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड से प्रश्न नंबर 23 राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत अंतराज्य के साथ होता है यह कथन किसका है ऑप्शन है ली का बी गिलक्राइस्ट का सी गार्नर का या फिर डी लास्की का तो प्रश्न नंबर तेईस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गार्नर का कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है यह कथन गार्नर का है प्रश्न नंबर चौबीस राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है ऑप्शन है दैवी का सिद्धांत शक्ति का सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत या फिर डी सामाजिक समझौता सिद्धांत तो प्रश्न नंबर चौबीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक सिद्धांत प्रश्न नंबर पच्चीस परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं है ऑप्शन ए e, अमूर्त विकाल्पनिक सिद्धार्थनिकता पर बल या फिर डी तथ्यों के अध्ययन पर बल तो प्रश्न नंबर पच्चीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तथ्यों के अध्ययन पर बल प्रश्न नंबर छत्तीस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का नाम क्या है ऑप्शन ए रविन्द्र टाइगोर बी महर्षि अरविंद सी महात्मा गांधी या फिर डी बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक तो प्रश्न नंबर छब्बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक प्रश्न नंबर सत्ताईस महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे आप्सन है उन्नीस में बी 1924 में सी 1931 में या फिर डी 1938 में तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1924 में जो बेलगाम में हुआ था प्रश्न नंबर 28, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा यह कथन किसका है? है आपसने सिकंदर महान का बी मुसोलोनी का सी माओ सेतु का या फिर डी हिटलर का तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हिटलर का प्रश्न नंबर 29 संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है ऑप्शन ए पाँचवीं अनुसूची बी छठी अनुसूची सी सातवीं अनुसूची या फिर डी आठवीं अनुसूची बताना है कि शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है तो प्रश्न नंबर उन्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सातवीं अनुसूची में उपबंध बताया गया है प्रश्न नंबर तीस निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक युग का जनक कहा जाता है आप सोने जेपी पी नारायण को जयप्रकाश नारायण को या फिर रविन्द्रनाथ टाइगोर को या फिर राजा राम मोहन राय को या फिर जवाहरलाल नेहरू को तो प्रश्न नंबर तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जवाहर राजा राम राय को प्रश्न नंबर सत्ता का विलय एक विशेषता है ऑप्शन तो ए एक संसदीय सरकार की बी अध्यक्षीय सरकार की सी ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर इकतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन तो ए संसदीय सरकार की विशेषता है सत्ता का विलय प्रश्न नंबर बत्तीस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे आपस तो मनोहर लोहिया बी सुभाष चंद्र बोस सी अरुणा आशाफ अली या फिर डी जयप्रकाश नारायण तो प्रश्न नंबर बत्तीस का सही उत्तर यदि आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 33 महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था आपने फिरोज शाह मेहता को बी दादा भाई नरोजू को सी रविन्द्राथ टाइगोर को या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले को तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम बताना है प्रश्न नंबर तैतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले को गो। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था प्रश्न नंबर चौंतीस संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है ऑप्शन ए अनुच्छेद तेरह बी अनुच्छेद इक्कीस सी अनुच्छेद बत्तीस या फिर डी अनुच्छेद इक्यावन प्रश्न नंबर चौंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद बत्तीस को डॉक्टर बी बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है प्रश्न नंबर पैंतीस सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है ऑप्शन है अनुच्छेद बारह अनुच्छेद तीन सौ तथा तीन से या फिर बी है अनुच्छेद 12 अनुच्छेद एक सौ इक्यावन तथा एक से या फिर सी है अनुच्छेद 13 अनुच्छेद दो सौ इक्यावन तथा अनुच्छेद दो से या फिर डी है अनुच्छेद इक्कीस से अनुच्छेद 24 से तथा अनुच्छेद 25 से तो इसमें यही बताना है पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है प्रश्न नंबर पैंतीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन थ्री अनुच्छेद तेरह दो सौ इक्यावन और दो सौ से प्रश्न नंबर छत्तीस निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद को बी बीएन राव को सी महात्मा गांधी को या फिर डी बी आर को तो इसमें से बताना है आधुनिक मनु किसे कहा जाता है प्रश्न नंबर छत्तीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी आर को प्रश्न नंबर सत्ताईस हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है आप सने मुख्यमंत्री बी कैबिनेट मंत्री सी राज्यपाल या फिर डी मुख्य सचिव इसमें बताना ध्यान रखना यह है कि राज्य की कार्यपालिका पूछ रहा है राज्य की कार्यपालिका प्रश्न नंबर सैतीस का सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल प्रश्न नंबर अड़तीस हमारे संविधान के भाग तीन में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कि अभिव्यक्ति किस प्रकार की है ऑप्शन ए नकारात्मक बी सकारात्मक सी ए बी दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों प्रश्न नंबर 39 भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है ऑप्शन ए संसद को बी लोकसभा को सी राज्यसभा को या फिर डी राज्य विधानमंडल को तो प्रश्न नंबर उन्तालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संसद को प्रश्न नंबर 40 हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण का तथा संवर्धन उपबंधित है ऑप्शन ए अनुच्छेद अड़तालीस बी अनुच्छेद अड़तालीस का सी अनुच्छेद सैंतालीस या फिर डी अनुच्छेद सैंतालीस का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन किस अनुच्छेद में है ये बताना है प्रश्न नंबर चालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद अड़तालीस का में है प्रश्न नंबर 41. भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 या फिर अनुच्छेद 327 में तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 326 में नंबर बयालीस प्रत्येक लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है इस पद्धत को क्या कहते हैं ऑप्शन ए प्रत्याहवान बी परिप्रेक्षा सी, जनमत संग्रह या फिर डी उपक्रम तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रत्याहवाहन प्रश्न नंबर तैंतालीस की संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति सद्भावना परस्पर सहायता और स्वच्छता की अवस्था के रूप में किया है ऑप्शन ए बी ने, सी रूसो ने या फिर डी हेनरी मैन ने तो प्रश्न नंबर तैंतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जॉन लॉक ने प्रश्न नंबर चवालीस मैं राज्य हूं यह घोषणा निम्नलिखित में किसने की थी ऑप्शन जेम्स प्रथम ने बी राबर्ट फिल्मर ने सी चौदह लुई ने या फिर पोप प्रथम ने तो प्रश्न नंबर चवालीस का सही उत्तर होगा लुई चौदोहे ने या घोषणा की थी कि मैं ही राज्य हूँ प्रश्न नंबर पैंतालीस राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है या कथन किसका है ऑप्शन ए सेवाइन का बी सिले का सी बारकर का डी बेपर का तो प्रश्न नंबर पैंतालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिले का प्रश्न नंबर छियालीस मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं ऑप्शन ए चार बी सात सी बारह या फिर डी पाँच तो प्रश्न नंबर छियालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सात प्रश्न नंबर सैंतालीस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य मुख्यालय कहां पर है ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में बी वाशिंगटन में सी दाहेग में या फिर डी सैन फ्रांसिस्को में तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दाहेक में प्रश्न नंबर अड़तालीस संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार बीटो शक्ति प्राप्त नहीं है ऑप्शन ए चीन को बी रूस को सी जर्मनी को या फिर डी ब्रिटेन को तो इसमें बताना इस है कि किसको निषेधाधिकार या बीटो की शक्ति प्राप्त नहीं तो तो चानी चानी चानी है तो प्रश्न नंबर अड़तालीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जर्मनी को प्रश्न नंबर पंचास भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री बी संघ लोक सेवा आयोग डी राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर उनचास का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है भारत के महान्यायवादी की प्रश्न नंबर पचास स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे आप सने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बी बी राव सी डॉक्टर बी आर या फिर डी मेहरचंद महाजन तो प्रश्न नंबर पचास का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रश्न नंबर इक्यावन दुई राष्ट्रीय सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है ऑप्शन ए कम्युनिस्ट पार्टी बी कांग्रेस पार्टी सी कांग्रेस समाजवादी पार्टी या फिर डी मुस्लिम लीग तो प्रश्न नंबर इक्यावन का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया मुस्लिम लीग तो बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर बावन स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह कथन किसने कहा था ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक बी लाला लाजपुर राय सी बिपिन चंद्रपाल या फिर डी इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर बावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा प्रश्न नंबर तिरपन समाजवाद शब्द प्रथम बार उपयोग में करने वाला था आप ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन बी मार्क्स सी एजेंस या फिर डी सेंट साइमन तो प्रश्न नंबर तिरपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन ने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था प्रश्न नंबर चौवन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं ऑप्शन ए पांच बी सात सी दस या फिर डी पंद्रह तो प्रश्न नंबर चौवन का सही उत्तर है ऑप्शन सी दस प्रश्न नंबर पचपन भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है ऑप्शन ए लोकसभा बी राज्यसभा सी संसद या फिर डी इनमें से कोई नहीं केंद्रीय परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है भारत में केंद्रीय परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है ये बताना है तो प्रश्न नंबर पचपन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति प्रश्न नंबर 56 राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के द्वारा बी राष्ट्रपति के द्वारा सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं राज्यपाल की नियुक्ति बताना है किसके द्वारा होती है तो प्रश्न नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा प्रश्न नंबर सत्तावन भूतपूर्व राजा भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया ऑप्शन ए पच्चीसवें बी छब्बीसवें सी सत्ताईस या फिर इनमें से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर सत्तावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छब्बीसवें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रश्न नंबर अट्ठावन भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है ऑप्शन ए तीन बी चार सी पाँच या फिर डी छः उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताना है तो प्रश्न नंबर अट्ठावन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाँच वर्ष का प्रश्न नंबर उनसठ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बयाल संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे ऑप्शन ए स्वतंत्रता एवं न्याय बी स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व तो सी समानता न्याय या फिर डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता तो प्रश्न नंबर उनसठ का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता जोड़े गए थे बयालीसवां संविधान संधन उन्नीस द्वारा प्रश्न नंबर साठ गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है आप सी बुराई के सम्मुख समर्पण करना हिंसा से भयभीत होना सी आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं तो प्रश्न नंबर साठ का सही उत्तर है ऑप्शन सी आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना तो ये इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न था आपसे वीडियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर अब आपको बताएं वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन दबाएँ और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद